महादेव जय सिया मेरा नाम रूपा सिंह प्रियंका है हमारे जो तबला पर संगत कर रहे हैं वो रमध्यान भैया हैं और हमारे जो बैंजू पर संगत कर रहे हैं वो बर्जस भैया हैं और मैं एक छठ के गीत गाने जा रही हूँ अगर आप लोग सभी को अगर अच्छा लगे तो कृपया उस गीत के माध्यम से रमध्यान भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट दीजिएगा और मेरा भी एक चैनल है जो रूपा सिंह प्रियंका से है अगर आप लोगों को अच्छा मेरा गाना लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद दीजिएगा है दीनानाथ नो ना दे जी <laughs>